हेलो हेलो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग आप लोग का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में आप सभी को कुछ दिवाली इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं तो हम एक बैनर निकल के आकर वो बैनर की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि देख सकते हो हमको एक इवेंट देखने को मिल जाएगा काम होम टू फ्री फाइव ये इवेंट बहुत ही सिंपली होने वाला हो और ये इवेंट तो ग्यारह तरीक से लेकर और ये चलेगा सात तरीक तक इस इवेंट में बहुत ही सिंपल इवेंट है मैं आप सभी को बता देता हूं तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो ये इवेंट्स में आपको गन की स्किन देखने को मिलेगी जो कि होने वाली पांच गन की स्किन मिलेगी उसमें से आप दो रिडीन कर सकते हो लेकिन लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको अपने दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी आप देख सकते हो टीम मेम्बर्स इसमें आपको उसी को ऐड करना है जो टीम मेंबर आपके साथ खेलता होगा गलती से भी उनको मत ले लेना जो मेंबर आपके साथ, साथ नहीं खेलता नहीं तो आपकी बैंड बच सकती है आप देख सकते हो हमको डेली मिशन भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमको डेली मिशन कंप्लीट करने पे कुछ रिवार्ड्स देखने को मिल रहे हैं जैसे डायमंड डायमंडल वाउचर इनकीूबेटर वाउचर्स और और भी बहुत सारी चीज़ें तो उसी के साथ हमको एक और इवेंट्स में देख सकते हो आप लोग अनार जैसा है जल रहा है अनार बोलते हैं इसको तो वो जल रहा है इसमें हमको जैसे मिशन कम्प्लीट हो गया तो देख सकते हो गिफ्ट बने हुए वो गिफ्ट हमको देखने को मिल जाएगा और ये इवेंट 25 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक चलेगा इसमें आप अपने जो भरोसेमंद फ्रेंड से उसको सिर्फ ऐड करना तो मैं आप सभी को रिवॉर्ड्स दिखा देता हूँ ठीक है आप रिवॉर्ड्स देख सकते हो जैसा कि देख सकते हो हमको चार गन की स्किन देखने को मिल जाएगी और पाँच पेट दिखने मिल जाएंगे आप इनमें से दो गन की स्किन ले सकते हो और एक ही पैट ले सकते हो तो ये इवेंट्स जल्दी कल को स्टार्ट होगा आप कर सकते हो तो मैं इस वीडियो में नीचे रखूँगा बाय बाय